हाँ दोस्तों अभी आई शुरू भी नहीं हुआ कि दिल्ली के फैंस के लिए बहुत ही बुरी खबर आ चुकी है ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो चुका है हाँ दोस्तों कल सुबह ही ऋषभ पत जब उसके घर दिल्ली जा रहे थे तब सूत्रों के माने ये बताया जा रहा है कि उसकी आंख लग जाने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया है हालाँकि एक्सीडेंट के बाद का कार जलकर राख हो चुकी है हालाँकि के लोगों ने उसकी जान तो बचा ली लेकिन ऋषभ पंत अभी भी हॉस्पिटल में है दोस्तों हाँ उसकी हालत काफ़ी गंभीर है दोस्तों तो दुआ कीजिए

जिस सम पर जल्दी से ठीक हो जाए दोस्तों हाँ दोस्तों अगर जिस सम पर जल्दी से ठीक नहीं होते तो आईपीएल से बाहर हो सकते हैं। दोस्तों जो कि फैंस के लिए काफ़ी बुरी खबर है दोस्तों तो अभी भी उसके परिवार में काफ़ी शोक का माहौल फैला हुआ है क्योंकि जब तक ये सब हॉस्पिटल में है तब तक बुरी खबर आती रहेगी तो चलिए दोस्तों हम ये ही आपको खबर देते रहेंगे

यहाँ पे देख सकते हैं आप सी फुटेज एक ऑफिस का सी फुटेज से आप देख सकते हैं कि कैसे कार एक रोड से ओवरब्रिज कर जाती है दोस्तों ये देखिए मतलब इतनी तेज़ी से उसकी कार आती हुई मतलब एकदम पूरे रोड को क्रॉस कर जाती है दोस्तों हालांकि रिशेप अभी बहुत ही गंभीर स्थिति में दोस्तों तो कॉमेंट करके दुआ जरूर कीजिएगा रिश्ते पद जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए

रास्ते पे गया है कुछ तो मस्ती दस्तावेज आ रहा है उस सामानों में बैठे हैं इनका भी खाना वहां रहने हैं हम्म कहां है ये चेक करना है इधर ऊंची गाड़ी है ये मैं युवा मात्र चलते हैं तो कुछ है डेटा से अटैक अटैक शूट थी